जब आपके पास पैसा होता है ना तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि आप परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है अभी तो एक मुठ्ठी जमीन हीली है अभी तो पूरा आसमान बाकी है लहरों को शांत समझकर कर ये मत सोचना लहरों को शांत समझकर कर ये मत सोचना समुन्द्र में जितनी गहराई है उतना ही उसके ऊपर तूफान बाकी है